सो हर लोग के तुम बैठे जाबरा जा जन के हैं ये माइंड का पॉकडिशन और आज मैं तुम लोग को बताऊँगा कि तुम लोग कैसे कस्टम मॉड या एड ऑन बना सकते हो वो भी अपने माइंड वॉक पॉकेट एडिशन में आल्सो नोन एज बेड एडिशन सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोग को एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है ये और ये कुछ उन ऐप में से एक जिसमें तुम खुद का एक कस्टमॉ बना सकते हो तो तुम लोग देख सकते हो इसका नाम है माइंड क्राफ्ट एड ऑन मेकअप तो यार यही ऐप या, तुम लोग को डाउनलोड कर लेना है देन तुम जैसे ही इसको ओपन करोगे तुम लोग का इंटरफेस कुछ इस तरह नहीं होगा वो होगा और इस कलर पे। पर मैंने इसको ऐसा ग्रीन कर लिया है तो अब बात आती है कि तुम मॉड कैसे बनाओ तो तुम्हें इस प्लस वाले आइटन पे क्लिक करने का है दैन तुम लोग को जो यूज़ करना है मतलब जो रिटेक्चर करना है या कुछ नया मॉट डालना है तो वो सब तुम कर सकते हो जैसे कि अब मैं तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इसको लेता हूँ तो ये है रोबोट तो मैं इसको एक नया मॉडल मॉप भी बना सकता हूँ या फिर मैं इसको इसी तरह का मॉक रहने दूँगा इसी बिहेवियर के साथ जो कि अभी है तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ फिर इसका टेक्स्चर भी तुम लोग चेंज कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे कुछ टेक्चर्स हैं जो फ्री में भी तुम लोग को मिल जाएंगे पेट वाले अगर तुम लोग एक ऐड देखो तो अभी मैं इसका टैक्चर यही रखने वाला हूँ देन इसमें लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल मॉड ऑन करना पड़ेगा तो वो हमेशा याद रखना देन यहाँ पे कुछ जो तो करना चाहते हो वो सब कर सकते हो जैसे कि इसकी हेल्थ तो हेल्थ अगर ज़्यादा नहीं रखनी चाहते तो फिर तुम लोग 60 रख सकते हो या मूवमेंट स्पीड होगी तो मूवमेंट स्पीड भी तुम लोग रख सकते हो अच्छी खासी देन साइज साइज तो तुमको पता ही होगा कितना रखना है देन समन एंटिटी कोई एंटी रिस्पॉन्न करेगा और वगैरह वगैरह तो, तो वैसे ही अगर तुम कुछ भी कर लो तो फिर तुम कोई अच्छा सा बना सकते हो अपना टेक्सचर पैर भी बना सकते हो कोई नॉक भी डाल सकते हो फिर तुम लोग को बस इसके ऊपर सेव कर देना है उसके बाद अभी मैं कुछ और डालूंगा नहीं मुझे बस इतना ही दिखाना था तो अब मैं बस एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे अपना कुछ डाल सकते हो तुम लोग मैं अभी नहीं डालता तो फिर यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अब इसको ओके करना है तो यहाँ पे कुछ फाइव कैरेट तक तो हमसे कम डाल रहे हैं तो या अब तो अब तुम लोग इसको इम्पोर्ट टू माइंड या यहाँ पे एक शो वाला ऑप्शन भी होता है वो पे भी कर सकते हो तो अभी मैं इसको इम्पोर्ट टू माइंड क्राफ्ट करूँगा और माइंड अपने आप ओपन होने लगेगा उसके बाद तुम्हारा मॉड जो मैं तुम लोगों को प्राफ्टिकली दिखाता हूँ देन तुम लोग देख सकते हो कि मेरा माइनक्राफ्ट अभी ओपन हो रहा है तो जो तुम्हारा नाम रखे होंगे तुम लोग वो दिखेगा देन अब यहाँ पे मैं कोई नई वर्ल्ड भी बना लेता हूँ तो गाइज मैंने एक वर्ल्ड का नाम रख लिया और ये चीज़ तुम लोग को करनी है तो अगर नीचे कोई लाल बटन दिख रहा होगा तो उसको दबा दो और अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर तुम लोग को बस एप स्वाइप करना है और फिर तुम लोग को दिखने लगेगा फिर उसे दबा देना और या तो सर्वाइवल को अभी हम लोग क्रिएटिव कर लेते हैं और जो उसमें कहा था कि एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन रखना है तो उसमें क्या करना है तुम लोग को एडिशनल मॉडिंग कैपिलिटी और ये ऑन करना है देन तुमको इसमें से कुछ और ऑन करने की जरूरत नहीं है पर अगर तुम जाओ तो कर सकते हो तो so, या yeah, अब इसको हम लोग डाल देते हैं तो रिसोर्स पैक पे ये रहा और इस ऐप की अच्छी बात ये है कि बिहेवियर पैक में अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है सो या लेट्स क्रिएटेड और देखते दे हैं कि हमारा जो मॉड है वो काम करता है कि नहीं तो ओवर लोड हो रही है देखते हैं क्या होता है और ये टेक्सचर पैक मत देखो वो थोड़ा सा सो so, या yeah, अब हम लोग अपनी इन्वेंट्री खोल के भी चेक करते हैं लट uh, से ये काम करता है कि नहीं तो स्पॉन एग में ही होंगे और थोड़ा सा स्क्रोल कर लेते हैं और वो हम लोग के पास है वेट, ये पीनेचर का है वेट वेट सीन काटो सीन काटो ओके okay, तो हम लोग के पास है एक रोबोट स्पॉन एग सो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं और इन थ्री टू वन तो यार ऐसे ही तुम लोग अपने बना सकते हो और और ये काम भी करते हैं जस्ट लाइक दिस सो सो आई थिंक यार इट सी यू नेक्स्ट टाइम बी से आउट विद द ऑफ गेमिंग गुड बाय गया